हरे ब्रह्मा शिवरी जय गौरी मांग सिंदूरे विराजत टी को मृगे मधे देखो मैया टी को मृगे देखो ओ जलते से दो नैना निर्मल से दो चंद्र बदन नी को जय अमे गौरी कनक का समान कलेवा रता बर राजे मैया राे राजे ठोस गल माला कंठन पर सजे जय अंबे गुर के हरिवाहन राजत कल ग खालाारी मैया कल खा पड़ा दारी सूर नर मुनि जन सेबत सूर्य नर मुनि जन सेबत ते दुखारी जय अंग गौरी कानन कुल शोबित नास गिरी मोती मैया नासार ग्री मोती कोटिक चंद्र कर कोटिक चंद्र दिवा कर सम ज्योति जय अंबे गौरी सुंभ ने सुब सुम्भे बी डार मैसुर घाटी मैया मैं सासुरे घाटी दूर विलो चन नैना मधुर बिलोचन नैना निष मधमाती जय अमे गि चंद मंड संगार रे सोनी तबी जय मैया सोनी तभी जय हरे मधु कैब दो मारे मधु कैचार सुरभ न करे जय अम्बे गौर ब्रह्मणी रुद्रण तुम्हें कमला रान मैया तुम्हें कमला रान आ गम गम आ गम गम बी तुम शिव पटर जय अम्बे गौरी चौसठ योगिन गत निरत करते भैरव या नि करते भैरव बाजत ताला मृदंगा बाजत ताला मृदंगा और बाजत डमर जय अंबे दे गौरी तुम्हें जगा की माता तुम हो भरता मैया बान दुख बा तन की दुख हरितापत्ति कर जय अंगे गौ भुजा चार अति शोभित बर मुद्रा दारी मैया न वांचित फल पनई चा फल पे मत नर नये गौरी कंचन ताल विराजतज का पूरा भापी मैया गा पूरा भापी श्रीमल के तुम राजल के तुम राज ज्योति जय अम्बे गौरी श्री अम्बे मैया जी की आरती ज्योति मैया जो कोई न रे गावे नरे गहतेवानंद स्वामी भजते बोले नंद स्वामी सुख संपत्ति पारी जय अंदे गोरी तुमेव माता च पिता तुम्हें तुमेव बंधु सखा से तुम्हें बंद मदेवादिशक्ति माता की साचे दरबार की शंकर भगवान की श्री श्री काली मैया की बोल आदिश्यक्ति माता की